कोई अपना ही जब दिल को ठेस पहुंचाता है दिलसाद तो उतर आते हैं सभी जज्बात फिर आखिर बगावत पर तेरे लपड़ तवस्म है मेरी आँखों में है आंसू अगर यही मोहब्बत है तो लानत है मोहब्बत पर